नेताओं का एक दूसरे पर छी का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को खरी खोटी सुना रहे हैं। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ हताशा से ग्रसित है इसीलिए अलग अलग बयान दे रहे हैं वहीं इस दौरान शिवराज ने 2023 के पेश हुए बजट की विशेषताएं भी बताई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर कमलनाथ पर बरस पड़े हैं कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ हताशा से ग्रसित है इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं वहीं शिवराज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट 2023 की विशेषताएं बताते हुए कहा कि रेल और इंजीनियरिंग तकनीक क्षेत्र के लिए ये बजट बहुत अच्छा है अधोसंरचना का विकास होगा चौहान ने कहा की मोदी जी गरीबों के लिए संवेदनशील है गरीबों के मकान का बजट उनहत्तर करोड़ किया गया है और 45 लाख करोड़ का बजट भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे शहरी अधरचना को लाभ मिलेगा एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी योजना है दस हजार करोड़ वाली गोवर्धन योजना काफी सराहनीय है शिवराज ने प्रधान नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए यह बजट सौ साल की परिकल्पना वाला बजट बताया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए उन्नीस करोड़ रुपए का आवंटन किया गया उसकी रकम को भी साढ़े चार लाख से बढ़ाकर नौ लाख रूपया करने का फैसला किया गया है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है देश भी हम लोगों ने ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परिकल्पनाएं शुरू की है इससे स्किल्ड इस मैन पावर तैयार करना और उसके बाद उनको रोजगार प्राप्त देश में और जगत दुनिया में भी हमारी मैन स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास है तो युवाओं को निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलेगा तीन वर्षो में ऐसा एक व्यापक गाइडलाइन अब हमारे पास है प्रधानमंत्री आवास योजना की आवंटन तो बढ़ाए तो हम अपने गरीबों के मकान कैसे ज्यादा बनाए पर हम ध्यान देंगे तो मोटे तौर पर मैं इन योजना की बात नहीं करता इससे मध्यप्रदेश को लाभ मिलेगा मध्यप्रदेश के बजट बनाते समय हम इन को ध्यान में रखेंगे हम उसका भी लाभ उठाएंगे पर्यटन स्थलों का विकास करना हो नए हवाई अड्डे हों या रेलवे का विकास इन सबका लाभ मध्यप्रदेश को भी मिलेगा तो वो भी विकसित किए जाएंगे और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विकास कोष के लिए 10000 हजार करोड़ रूपये हर साल खर्चा किया जाएगा जिस शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम करेगा 50 पर्यटन स्थलों की पहचान और उनको विकसित करने का काम